क्यों किसी को मुश्किल कुछ आ रहा हाजत मानने लगी मेरे भाई मैं तो नहीं लेकिन अगर सिर्फ कुराना शरीफी अगर काफी होती तो नबी साहब को और नबी साहब को और बाकी के पीर पैगंबर को दुनिया में भेजा ही क्यों गया अल्लाह क्या करते के पुराने शरीफ बना इंसानों को बना के छोड़ देते थे कि काम करो बुक पढ़ो और उसके हिसाब से जी लो करके लेकिन इमाम पैगंबर पीरों को इसके लिए बनाया गया था भेजा गया था ताकि कुछ लोग जो बुक को पढ़ के भी नहीं समझ सकते आप जैसे लोगों को बताने के लिए रास्ता के भाई इसका मतलब ये नहीं होता एक स्कूल है और एक है, लेकिन टीचर ही नहीं है तो पढ़ाएगा तो सकती। जब अल्लाह ने कह दिया कि यही तुम्हारा तुम्हारे लिए फाइनल हिदायत है जब फाइनल कोर्स अल्लाह ने कर दिया तो अगर आप कहते हैं कि आगे जाके हमें नए चीजों की जरूरत पड़ेगी तो आपका इमाम आपके साथ नई किताब क्यू नहीं लेकर आया नए सिलेबस की नई किताब लेके नहीं, ले नहीं आए हमको जो फरमान भेजते है ना वो नई किताबी हुई ना हमारे लिए तो, तो, तो कि कुरान है बोल बोल रहे रहे आप ये नहीं हम हम कुरान को नहीं करते हम कुरान की बात भी मानते हैं लेकिन हम ये भी मानते है कि हमारे जो इमाम है जो कुरान के होने के बावजूद भी दुनिया में भेजे गए है उनको इसके लिए भेजा गया है ताकि हमको हिदायत दे के दुनिया में कैसे जिया जाए बताए और वो बता रहे मिलेगा मैं अपनी बात कर लू जवाब दीजिएगा हम हम हमारे हाँ, कुरान में जो कमांडमेंट्स अल्लाह ने दी हैं हैं उसी को मानते आपने कहा आपने खाली कुरान को पकड़ कर रखा है जी बिल्कुल हमने कुरान को पकड़ के रखा है अब आप कहते हैं एक सेकंड अब आप कहते हैं हम कुरान को भी मानते हैं हम इमाम को भी मानते हैं अगर कुरान और इमाम के बीच में आपको कुछ चूज करना पड़ा मलिक भाई तो आप किसको चूज़ करेंगे कुरान को हम, या इमाम हम को, को चूज करेंगे हम इमाम को चूज़ अच्छा, आपकी आप आप आप नहीं नहीं बात सुन लो सुन लुरान इट से अपने आप में आपका मानना है ना भाई आपका मानना है मलिक भाई रिलैक्स आपने अभी कहा कि कुरान और इमाम के बीच में मुझे कुछ मानना पड़ा तो आप इमाम को मानेंगे कुरान को नहीं मानेंगे बिल्कुल ठीक है आप ये चीज मानते हैं कि कुरान वर्ड ऑफ़ अल्लाह सुबह या आ, उनके तरफ से आई हुई बुक है वो ठीक है इमाम जो चीजें बोलते हैं वर्ड ऑफ एन इमाम इमाम में हम मानते हैं की अल्लाह का नूर है करके वो जो बोलते हैं उनको हिदायत मिलती है वो हमको देते हैं मालिक भाई एक सेकेंड कुरान इज वर्ड ऑफ अल्लाह फरमान इज वर्ड ऑफ इमाम ठीक कहा कि मैं वर्ड ऑफ़ इमाम मानूंगा मैं वर्ड ऑफ़ गॉड नहीं मानूंगा एक्जेक्टली यही हुआ नहीं दूसरी सूरत देना चाह रहे हो देखो आप क्या कर रहे हो मालूम है जब अल्लाह की वही उसके ऊपर आती है अल्लाह हुक्म करते हैं नबी करके बताते हैं आपका इमाम क्यों, क्यों चेंज करेगा चीजें उसके पास उनको अल्लाह अल्लाह अल्लाह देते Allah, Allah का उनके पास फरमान आता है मान था, तो आप तो नहीं नहीं क्या नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। बोलो, बोलो, तो नहीं। नहीं। डायरेक्ट बात करते हैं या जिब्राम आते हैं कैसे कैसे बात करते हैं आपके इमाम से अल्लाह पाक प्रोफेट मोहम्मद कैसे बात करते थे तो वो भी फीडबैक नंबर सुनने में भेजे गए मलिक भाई मलिक भाई एक चीज सोच सोचो बोल क्या रहे हो इमाम के पास जिब्राइल सलाम आते हाँ? के पास आते हैं वो आप बात मानते हो तो इमाम हाँ? के पास आते हैं वो हम बात क्यों नहीं मानते इसलिए कि कुरान में लिखा है कि अल्लाह कलाम करता है अपने नबी से अपने पैगंबरों से आपका इमाम पैगम्बर है नबी है कौन है उनकी नबी ओलादी है तो हजरत अली ने कभी कहा की मेरे पास जिब्राइल आते थे तब्दीली तो, कर सकता हूँ तो गाइड करते हैं मलिक सिर्फ इस पॉइंट पे रहते हैं आपने कहा आपके इमाम से अल्लाह पाक बात करते हैं जी करते हैं हमको अभी मिली ओके ही इज़ जर ऑफ गॉड मैसेजर ऑफ गॉड को जब आप अरबीक में कहते हैं तो वो बन जाता है रसूल अल्लाह आप कहते जी। हैं आपका इमाम रसूल जी आगा आगा आगा हैं। हैं। आपको नहीं मानते आगा खान थ्री पीस बी अपन इम्पोर्टेंस हाउ गुड दीज पीपल यूज पीस बी अपॉन हिम अपन देश ऑफ आगा खान थ्री अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं पीस, पीस, हैं हैं हैं ये लोग पीस बिल्कुल बिल्कुल बोलते आ, बोलते हम उनको मानते तो, तो में रोक के बता ले तो बात नहीं करे हमने यार ही कौन सी बात मेरा सवाल है मलिक सैनी भाई से जहाँ कुरान में अल्लाह पाक ने कहा की अब कोई नबी नहीं आएगा मलिक यानी भाई कहते हैं ये रसूल अल्लाह हैं इमाम हमारे रसूल अल्लाह हैं तो मलिक भाई जो कुरान में लफ्ज आता है कि हमारे प्यारे नबी नबी नबी हैं इसके बाद कोई नहीं आएगा तो क्या आप इस बात का इनकार कर रहे हैं यानी आप ये इनकार कर, कर रहे हो कि हजरत नबी ने अमीन नबी साहब ने हजरत अली को इमाम बनाया था आप इनकार करते हो नहीं इमाम भाई, भाई बच्चों की तरह बात मत करो मैं नबी की बात कर रही हूँ आप इमाम ला रहे हो अरे पर नबी नबी नबी ने किसी और को अगर इमाम बनाया है तो यही सोच के बनाया है ना कि मेरे बाद ये दुनिया चलाएगा जी, नबी, में में क्या, ओके, नबी में क्या क्वालिटीज़ होती है वही जो इमाम में है वो इमाम अच्छा, में होती है जो हजरत अली में थी अच्छा यानी नबी और इमाम दोनों में सेम टाइप की क्वालिटीज होती है बिल्कुल अच्छा यानी कि जिस तरह नबी अल्लाह से बात कर सकता है इमाम भी अल्लाह से बात कर सकता है बिल्कुल बात कर सकते हैं जिस तरह नबी अल्लाह से पूछकर दीन के अहकाम लाते हैं इस तरह करीम आगा खान भी अल्लाह से पूछकर दीन के अहकाम लाते हैं बिल्कुल हमारे हिसाब से तो लाते ही है ठीक है अभी तो हम मुझे बताए फरमान पे चलते ओके ये जो आपके हिसाब से आप जुमला बोल रहे हो कि हमारे हिसाब से हमारे हिसाब से ये हिसाब लाते कहाँ से हैं? वो हिसाब हमारा उनपे ईमान है ना उसपे से लाते हैं। अरे ईमान आपका ईमान पुराना शरीफ पे है ना ऐसा हमारा ईमान हमारे ईमान पे है